Let's go. ना किसी से मांगा है ना किसी के पैर पकड़े हैं अजी ना किसी से मांगा है और ना किसी के पैर पकड़े हैं एक नंबर पे हम मेहनत अपनी दूसरे नंबर पे इरादे तगड़े हैं भाई हां जिस शादी में जाता हूं किसी ना किसी लड़की से प्यार हो जाता है और कल तो आदि हो गई दुल्हन पसंद आ गई अब मुझे कुछ भी खोने का डर नहीं है मैंने मेरी जिंदगी में जिंदगी को खोया है बहुत शौक है तुझे लड़कियों को देखने का किसी दिन मैंने तेरे मुंह का नक्शा बिगाड़ दिया ना फिर मैं कहूंगी सर बिल चार दिन के बालक हमें सिखा रहे हैं, मैं चलना कैसे है एक बार कामयाब हो जान दे सूरज भी पूछेगा भाई साहब बताओ ढलना कैसे है हाँ, हाँ, हाँ. बाप अच्छा बंद तो बाप बने थोड़ा सा तीन स्टार देखे सपोर्ट करें।